सीताराम जी मैं शास्त्री जी प्रभु ज्योतिषाचार्य आपके समक्ष हर सप्ताह राशि फल लेके प्रस्तुत होता हूं तो इस का से मीन तक क्या रहने वाला है आइए जान लेते हैं उससे पहले मैं हमेशा की तरह आपसे एक अनुरोध करता हूं जो आज भी कर देता हूं कि आप इस चैनल को अपने दोस्तों मित्रों अपनी फैमिली और अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें आप शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचाएं और इस राशि फल के साथ में बीच बीच में आपको कुछ हमारे ज्योतिष के दरबार के वीडियो भी देखने को मिलेंगे जिसको आप पूरा देखें और समझें स्किप ना करें तभी आपको पूरा आनंद आएगा तो आप अपना राशिफल तो देखेंगे ही साथ में उस वीडियो को भी देखें साथ में जुड़ा हुआ है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉलो करिए आप लाइक भी करें और कमेंट भी करें तो आइए शुरू करते हैं राशिफल जय श्री शीतल तो सबसे पहले आती है मेष राशि तो मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कैसा रहने वाला है आइए जान लेते हैं मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह मध्यम रहेगा आपको आर्थिक रूप से थोड़ी परेशानी झेलनी पड़ सकती है लेकिन सप्ताह के मध्य में आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा और आपको कहीं दूर से बुलावा भी आ सकता है आप कहीं शुभ कार्यो में जुड़ने वाले हैं आपके घर में किसी की तबीयत बिगड़ सकती है तो उसका विशेष ध्यान रखें और विशेषकर आप किसी की बातों में ना आए क्योंकि आप मन के साथ तो है लेकिन आप हर किसी की बात में आ जाते हैं और उसे आगे चल के फिर बाद में जब आपको समझ में आता है तो आपको उससे थोड़ा नुकसान झेलना पड़ता है आप मानसिक परेशानी के कारण में लोग तो इस सप्ताह आपका मध्यम रहने वाला है कुछ आर्थिक लाभ होंगे देवभूमि द्वारका जिला में जाम में लोगों में एक बड़ी चर्चा हो रही है कि कोई शास्त्री जी शास्त्री जी प्रभु करके कोई आए है और उसके द्वारा निःशुल्क ज्योतिष दरबार लगाया गया है और लोगों में चर्चा है कि वो कुंडली या हस्तरेखा कुछ भी नहीं देखते इसे बिना देखे बताए देते हैं तो और सवाल स्वयं बना देते हैं कि लोगों को इस इस बात से आश्चर्यचकित होते हैं कि हो रहे कि ऐसा कैसे होता है टूडे की टीम ने शास्त्री जी प्रभु का दरबार एक्सक्लूजिव इंटरव्यू लिया है दरबार का वास्तविकता और रियालिटी की चेक की है इनमें कवार में बैठे भक्तों और शास्त्री जी प्रभु की ओर से मिली जानकारी अपने बहुत देखा है और हमने दूसरे अमेरिके भी रिव्यू लिया है वो भी हम आपको बताएंगे द्वारका टूडे जयसुख मोदी जाम खंभा जी ने जी का सारूँ अमराबिक प्रश्न था अरे बाबा प्रश्न का आप रवि चिमलला मकवाण लेकिन इतना आनंद नहीं आएगा आपके कोई मित्रगण या उसके परिवार से या दूर के रिलेटिव के परिवार से आपको कुछ खराब खबर भी आने की संभावना बन है तो आप अपने माता पिता और अपने गुरुओं का ध्यान रखें और आप इस सप्ताह उपाय के लिए आप नारायण को रेगुलर अर्घ देना शुरू करें और साथ में आप घोड़ों के अस्तबल में जाके या घोड़े को चना या उनका जो भोजन है वो जरूर खिलाएं उससे आपको लाभ होगा जय श्री शीतल उसके बाद आती है वृषभ राशि तो वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कैसा रहने वाला है आइए जान लेते हैं वृषभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह ठीक है साथ में आपको थोड़ी भागदौड़ तो बढ़ेगी लेकिन आप निराश ना हो आप अगर कोई परीक्षा देने जा रहे हैं या कोई परीक्षा संबंधी है तो उसकी डेट आगे पीछे हो सकती है आपके कई रुके हुए कार्य हैं, उसमें गति तो दिखाई देगी लेकिन लाभ इतना ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा है आर्थिक रूप से समय समय पर आपके काम निकलते रहेंगे लेकिन आपको कहीं यात्रा करनी पड़ सकती है और यात्रा में कुछ सामान के खोने की या कोई चिंता के बढ़ने के भी आसान तो परेशान हुए बगैर शांतिपूर्ण ढंग से अगर इस कार्य को करेंगे और यात्रा को निभाएंगे तो आपके वापस टेंशन कम हो जाएगी और आपके थोड़ा ब्लड संबंधी विकार आने की संभावना बन रही है तो आप अपने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 टुडे की टीम ने शास्त्रजी प्रभु का दरबार इंटरव्यू लिया है, दरबार का वास्तविकता और रियलिटी की चेक की है इनमें में, में बैठे भक्तों और शास्त्रजी प्रभु की ओर से मिली जानकारी, आपने दे, बहुत देखा है और हमने दूसरे भी रिव्यू लिया है वो भी हम आपको बताएंगे द्वारका टूडे जय सुख मोदी झाम खंबाड़िया शास्त्री जीन काम बहुत सारूँ के जे, है अमे अमरा कौतुल प्रश्न मैं आ गया था अँ देवभवत प्रश्न हो सारूँ है अभी घी जगह जे यहाँ एमा अमन काम सारू लगे तमें एवं लगे कि प्रश्न होने चार्ज लाइ नहीं संपूर्ण निःशुल्क निस्टी, निस्टी, निस्टी, निस्टी, हाँ, हाँ, हमें कोई तम, तो हमने हाँ, हाँ, हाँ, आपको तो नाम रवि ध्यान रखें और समय पर इसका उपचार कराएं और आपसे कुछ बड़े लोग हैं जिनके साथ आपका तनाव चल रहा है तो उस तनाव से दूर रहने के लिए थोड़ा सा झुक जाना अच्छा रहेगा आपके लिए आप थोड़ा सा इस सप्ताह अपने आप को थोड़ा सा मतलब हल्का स्ट्रेस लिए बगैर आगे बढ़े उसे आपको बढ़िया रहने वाला है आपके कोई प्रॉपर्टी संबंधी जो कार्य काफी टाइम से जो रुके हुए हैं उसमें भी आपको लाभ मिलने की संभावना और अगर आप नौकरी पैसे वाले हैं तो आपका कहीं स्थानांतरण होने की संभावना बन रही है तो थोड़ा सा आप ध्यान रखें और उपाय के लिए आपको माता पिता और अपने गुरुओं का आशीर्वाद तो लेना ही है और साथ में आपको गाय को एक बेसन आटा और हल्दी और गुड़ डाल के गाय माता को उसका लड्डू बना के आप खिलाएं उससे आपके कार्य में थोड़ी सफलता मिलेगी जो रुके हुए कार्य है उसमें थोड़ा सा अच्छा रहेगा जय श्री सीताराम उसके बाद आती है मिथुन राशि तो मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कैसा रहने वाला है आइए जान लेते मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह थोड़ा संघर्षमय बीतेगा आपको कुछ चीजों में अति संघर्ष करना पड़ सकता है कुछ रुके हुए कार्य लगेगा कि अब बनने वाले हैं लेकिन अचानक विघ्न आएगी और इस विघ्न में आप थोड़े हताश होने की संभावना बन रही है तो आप अपने विल पावर से कार्य और हताश हताश नहीं हो। क्योंकि हो जाओगे तो कार्य में विलंब और परेशानी और बढ़ जाएगी और आपके परिवार में किसी को ब्लड संबंधी विकार आने की संभावना बन रही है तो उस देवभूमि द्वारका जिला में जामखंपलिया में लोगों में एक बड़ी चर्चा हो रही है कि कोई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 दरबार का वास्तविकता और रियलिटी की चेक की है इनमें में बैठे भक्तों और शास्त्री जी प्रभु की ओर से मिली जानकारी दे, अपने बहुत देखा है और हमने दूसरे भी रिव्यू लिया है वो भी हम आपको बताएंगे द्वारका टूडे जयसुख मोदी जाम ये, इस, सा, ने झाम खंबाड़िया बहुत सारूट देव बाबत प्रश्नता तो है अमे घर घू लगे कि प्रश्न हो तुम्हें सामधान मिल जाऊ खा मैं कहीं चार्ज लाइक संपूर्ण निःशुल्क नहीं हाँ अम्मे पैसा आप तम तो हमने तो हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, तो नाम रवि पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है और आपके साथी के साथ आपके मन मुटाव होने के संभावना बन रही है तो आप अपनी वाणी पे कंट्रोल करते हुए इस सप्ताह को निकालें आर्थिक रूप से थोड़ा थोड़ा बीच में काम बनेगा लेकिन ज्यादा अच्छा नहीं व्यापारियों के लिए कुछ पैसे फंसने के आसार नजर आ रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान से डील करें नौकरी वालों के लिए कोई साथी आपको धोखा देगी तो इसलिए आप इस सब चीजों का ध्यान रखें उपाय के लिए आप अपने माता पिता और अपने गुरुओं का सम्मान करें आदर करें उनका आशीर्वाद लेवें और साथ में आपको गणेश भगवान के मंदिर में जाना है गणेश जी के और उनकी इक्कीस फेरी कम से कम गणपति के मंदिर में आपको फेरी लगानी है और अगर संभव है तो रोजाना करें नहीं तो बुधवार को तो जरूर कर ले जिससे आपके कुछ विघ्न टलने की संभावना बनेगी जय श्री सीताराम उसके बाद आती है कर्क राशि तो कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह ठीक ही ठाक है क्योंकि आपकी तबीयत के प्रति आप लापरवाह होते जा रहे हैं और अपने आप को आप कई चीजों में सर्वे सर्वा समझने लगे हैं जो आपके लिए उचित नहीं है आपको किसी सलाह लेके कार्य करोगे किसी की तो ही अच्छा होगा यह सप्ताह आप थोड़ा सा नरमाई से चले आपका मन अच्छा है लेकिन देवभूमि द्वारका जिला में जाम में लोगों में एक बड़ी चर्चा हो रही है कि कोई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 दरबार का वास्तविकता और रियलिटी की चेक की है इनमें में बैठे भक्तों और शास्त्री जी प्रभु की ओर से मिली जानकारी द, अपने बहुत देखा है और हमने दूसरे का भी रिव्यू लिया है वो भी हम आपको बताएंगे द्वारका टुडे जय सुख मोदी जाम तो, जी ने, ने झाम खंबाड़िया काम बहुत सारू अम्म कौटुंबिक प्रश्न आ गया था अँ देव बाबत प्रश्न होता है काम सारूँ घी जगह एम अमु काम सारू लै तव लगे कि प्रश्न हो कहीं चार्ज लाइफ संपूर्ण निःशुल्क नहीं हाँ अगर अम्मे पैसा आप तो, तो, तो, तो, तो, तो हमने तो नाम रवि आप काफी चीजों में जल्दबाजी कर जाते हैं। और जिद पे उतर के आप नुकसान लेते हैं खुददारी से आप नुकसान लेते हैं तो ध्यान रखें इस तरह के कार्य ना करें अगर आप नौकरी पेशा वाले हैं तो आपके थोड़ी परेशानी बढ़ने के आसार बनते हैं और व्यापारियों के लिए भी यह तनाव बना रहा है तो यह सप्ताह थोड़ा विशेष ध्यान देवे आप किसी शुभ कार्यों में जुड़ने वाले हो थोड़ी देर आपको रिलीफ इससे जरूर मिलेगा आपके दूर के कोई मेहमान आने की संभावना है और थोड़ा सा चोट भय भी योग तो आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें अपने स्वभाव का भी ध्यान रखें और अपने बड़ों की सलाह भी जरूर की तरह पहले तो माता पिता और गुरुओं का आशीर्वाद लेना ही लेना है और साथ में आपको कहीं भी काले रंग का कुत्ता दिखे डॉक्टर तो उसको आप बिस्किट या दूध या घर से तेल लगा के रोटी उसको खिलाएं इस हफ्ता में जितनी बार आपका संभव हो सके उतनी बार खिलाएंगे तो काफी कार्यों में आपके सफलताएं मिलनी शुरू हो सकती है आपको उससे लाभ मिलेगा जय श्री श्री उसके बाद आती है सिंह राशि तो सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कैसा रहने वाला है आइए जान लेते हैं सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह मिला रहेगा आपको थोड़ा आर्थिक परेशानी झेलनी पड़ सकती है लेकिन बाद में आपके कार्य निकल जाएंगे आपको हर चीज में लाभ मिलने की संभावना है लेकिन आप खुद ही उस कार्य को बिगाड़ लेते हैं तो इसलिए और कॉन्फिडेंस और ओवर फोरकास्ट आपको नुकसान पहुंचा सकता है आप हर चीज का पहले से ही तय कर लेते हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा ये ये सोच रहा है ये व्यक्ति मेरे बारे में ये कह रहा है आप ऐसा तय ना करें इससे आपको नुकसान हो रहा है आपके रिश्ते बिगड़ रहे हैं आपका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है आपसे सभी लोग दूर जाते जा रहे हैं इसलिए आप अपने लिए और अपने घर परिवार के लिए ये स्वभाव को थोड़ा चेंज करें जिससे आपको अवश्य लाभ मिलने वाला है आपके घर में किसी की तबियत खराब होने की संभावना बन रही है कुछ बड़ी बीमारी का संकेत बन रहा है तो थोड़ा ध्यान रखें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 दे, अपने बहुत देखा है और हमने दूसरे को भी रिव्यू लिया है वो भी हम आपको बताएंगे द्वारका टूडे जयसुख मोदी जाम खंभाजी महिला छो लास्त्री जी काम बहुत सारूतुलिक प्रश्न आ गया था अरे देव बाबत प्रश्न का घूम का हल रवि किम मकवा मछली होती है उसको आटे की गोली बना के खिलाए उससे आपको लाभ हो जाएगा जय श्री सीताराम उसके बाद आती है कन्या राशि तो कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कैसा रहने वाला है आइए जान लेते हैं तो कन्या राशि वालों के लिए यह सप्ताह अच्छा है आपको भागदौड़ से थोड़ी राहत मिलने वाली है और आपके घर मेहमान भी रहने वाले हैं और आप हसी खुशी अपना टाइम बिताएंगे आप काफी चीजों में अपने स्वभाव को बदल चुके हैं यह बहुत अच्छा संकेत है लेकिन दूसरे उसकी कदर करें ना करें लेकिन आप ऐसे ही लगे रहिए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा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 हो रहे हैं कि ऐसा कैसे होता है टुडे की टीम ने शास्त्री जी प्रभु का दरबार एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया है दरबार का वास्तविकता और रियलिटी की चेक की है इनमें कवार में बैठे भक्तों और शास्त्री जी प्रभु की ओर से मिली जानकारी दे, द, अपने बहुत देखा है और हमने दूसरे का भी रिव्यू लिया है वो भी हम आपको बताएंगे द्वारका टुडे जय सुख मोदी झाम खंबाड़िया शास्त्र जी ने भैया ना शास्त्री जी काम बहुत सारूँ अमरा कौटुंबिक प्रश्न अँ देव बाबत प्रश्न एनुम सारूँ घाम सारू लगे तमें लगे कि प्रश्न हो जाऊ चार्ज लाइ तो संपूर्ण निःशुल्क हमें हाँ, हाँ, हाँ, हमें कोई बस तो तम ने ने की हमने हाँ, हाँ, हाँ, तो नाम रवि करें आप बहुत चीजों में जो फॉरकास्ट कर लेते हैं पहले से ही भविष्यवाणी तय कर लेते हैं कि ये काम ऐसे हो जाएगा उसमें थोड़ा सा कम करें उससे आपको नुकसान हो रहा है और आप अपने स्वास्थ्य के प्रति भी लापरवाह होते जा रहे हैं और कहीं दूर से आपको शुभ समाचार मिलने वाले हैं और अगर आप नौकरी पैसा में है तो आप ही का साथी आपके साथ धोखा करने वाला है सचेत हो जाए और इस सप्ताह आपको विशेष कर अपनी माताजी के ऊपर ध्यान देना है थोड़ा संकेत अच्छे नहीं आ रहे तो आप अपने परिवार के प्रति सजग रहते हुए अपने स्वभाव को सुधारते हुए जो चल रहे हैं वो बहुत अच्छा है आपके काफी टाइप से लंबित पड़े हुए कार्य उसमें गति पकड़ने वाली है आर्थिक आपको लाभ होने वाला है तो ध्यान रखें आप अपने माता पिता और अपने गुरुओं का सम्मान करें आशीर्वाद लेते रहें और साथ में उपाय के लिए आपको बैल या सांड आपकी भाषा में जो कहते हैं और एक गाय इनको आटे में हल्दी डाल के गुड़ डाल के दोनों को एक एक लड्डू दोनों को खिलाएं यथा संभव इस हफ्ते में पूरे में खिलाए तो और अच्छा है नहीं तो कम से कम दो से तीन बार जरूर ऐसा प्रयोग करें जिससे आपको अधिक लाभ मिलने वाला है जय श्री सीताराम उसके बाद आती है तुला राशि तो तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मध्यम रहने वाला है आपको भाग दौड़ बड़ा कार्य रहेगा आपके कार्य क्षेत्र में आपसे एक्स्ट्रा कार्य करवाया जाएगा आप थकावट की ऊपर आ जाओ एकदम थकावट रहेगी आपसे आपकी अच्छाई की वजह से लोग आपका फायदा उठाते रहे हैं हम ये नहीं कहते कि अच्छाई छोड़ दीजिए लेकिन थोड़ा सा सचेत रह के रहें क्योंकि आप अपने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 द्वारका टूडे जयसुख मोदी जाम खंभा शास्त्री जी काम बहुत सारूटिक प्रश्न आ गया था अरे देव बाबत प्रश्न काम सारूँ घूम का तुमने तुमने हमने ने चार्ज नहीं, नहीं, नहीं, तो, तो तो टोटल निशुल्क हमें हमें कोई मतलब आप रवि चिमनलाल मकवाण मालूम होता है लापरवाही करते हैं और नुकसान झेलते रहते हैं तो थोड़ा ध्यान देवे और आपके घर कोई ना कोई खुशखबरी आने वाली है आर्थिक लाभ भी होने वाला है आपके काफी टाइम से रुके हुए कार्य उसमें भी गति मिलने वाली है आप अपने माता पिता की सेवा मन से करें और साथ में उपाय के लिए आपको हनुमान जी की आराधना करनी है अगर शाम को डेली हनुमान चालीसा कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है और साथ में प्रसाद के रूप में गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ाएं जिससे हनुमान जी प्रसन्न होंगे प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद आपके हर कार्य रुके हुए हैं वो सही होने लग जाएंगे जय श्री सीताराम उसके बाद आती है वृश्चिक राशि तो वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय अच्छा है लेकिन थोड़ा तनावपूर्ण है आपके कई कार्य इस सप्ताह बनने वाले हैं लेकिन आपकी ओवरथिंकिंग, थिंकिंग फोरकास्टिंग आपको नुकसान पहुंचाती है आप किसी भी व्यक्ति के ऊपर समय समय पर अपना निर्णय बदलते रहते हैं ये आपके लिए अच्छा नहीं है आप हर चीज का एक अलग ही अर्थ निकाल लेते हैं उससे आपको मानसिक परेशानी बन रही है देवभूमि द्वारका जिला में जाम में लोगों में एक बड़ी चर्चा हो रही है कि कोई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 अमेर कौटुंबिक प्रश्न आ गया था अँ देव बाबत प्रश्न काम सारूँ घर घी जगह हमें काम सारू लगे तक एवं लगे कि प्रश्न हो कहीं चार्ज लाइफ संपूर्ण निःशुल्क नहीं हाँ अम्मे पैसा आप तम तो, तो हमने तो नाम रवि आप और आपके घर पे इस हफ्ता आपको सेवा करने का मौका मिल रहा है तो भरपूर सेवा करें अपने परिवार की और साथ में आप अपनी तबियत के प्रति लापरवाह हो रहे हैं वो ठीक ना है और कुछ काफी टाइम से जो लंबित पड़े कार्य है इस सप्ताह उसमें गति जरूर मिलेगी आर्थिक रूप से भी थोड़ी हलचल होने की संभावना है आप किसी शुभ कार्य में जुड़ने वाले हैं आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है बस आप अपने स्वभाव पे कंट्रोल करें वाणी पे कंट्रोल करें उससे आपके हर कार्य सिद्ध हो जाएंगे साथ में माता पिता और गुरुओं का आदर करते रहें आशीर्वाद लेते रहें और उपाय के लिए आपको रविवार छोड़ तुलसी जी के ऊपर एक दिया जलाएं तुलसी माता के उनको भोग लगाएं उनको एक वस्त्र प्रदान करें इस तरह से डेली सवे सुबह अगर अगर ये उपाय आप करते हैं तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा और आपके जो कुछ रुके हुए कार्य है जो माल सामान में जो दिक्कत आती है उसमें भी अच्छा हो जाए जय श्री उसके बाद आती है धनु राशि, तो धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कैसे रहने वाला है आइए जान लेते हैं धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहेगा आपको इस सप्ताह काफी आर्थिक लाभ होते हुए भी मानसिक रूप से आप परेशान रहने वाले हैं आपको काफी मतलब स्ट्रेस से गुजरना पड़ रहा है इस और आप अकारण परेशान हो रहे हैं आपको अपना भविष्य आगे का दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन आप चिंता ना करें बहुत जल्द आपका समय अच्छा आने वाला है आपके रुके हुए भी भी बनने वाले हैं मान सम्मान भी बढ़ने वाला है लेकिन आप अकारण परेशान होकर जो मानसिक तनाव झेल रहे हैं उससे आपको कोई ना कोई रोग लगने की संभावना देवभूमि द्वारका जिला में जाम में लोगों में एक बड़ी चर्चा हो रही है कि कोई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 अमार कौटुबिक प्रश्न आया देव बाबत प्रश्न यू काम सारूँ जे, ए, है अभी घी जगह जे यहाँ एमा अमु काम सारू लगे तक एगे कि प्रश्न हो ते समाधान मिल खा मैं कहीं चार्ज लाइ संपूर्ण निःशुल्क नहीं हाँ अम्मे पैसा आप तम तो हमने तो तो नाम रवि सकती है क्योंकि शत्रु आपके प्रबल होते जा रहे हैं आपको शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से तोड़ देना चाहते हैं लेकिन आपका विल पावर और आपकी भक्ति आपको इसमें से निकाल लेगी आपको बहुत जल्द शकून मिलने वाला है लेकिन विश्वास रखें ऊपर वाले पे क्योंकि अभी काफी टाइम से आपका विश्वास डगमगा रहा है हर चीज में एक समय लगता है इसमें भी लगे पूर्ण विश्वास के साथ आगे बढ़े भगवान की भक्ति को करते रहे और आप अपने बड़े बुजुर्ग और अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए उनका आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ेंगे आपको अवश्य सफलता मिलेगी आपके घर पे भी थोड़ा दोष बना हुआ है उसका निवारण भी जरूरी है और आप कहीं छोटी छोटी यात्राएं भी करेंगे बस आप अपनी वाणी को और अपने धैर्य को बनाए रखें बड़ा समय कष्ट में है लेकिन अच्छा हो जाएगा आर्थिक रूप से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी आपका व्यापार वगैरह कार्य भी चलने लगेगा बस उपाय के लिए आप अपने माता पिता और अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेते रहें और साथ में आपको शनिवार के दिन मंगलवार के दिन अगर सुंदर कांड आप करवा सकते हैं या कर सकते हैं तो अवश्य करें जिससे आपको अवश्य लाभ होगा जय श्री उसके बाद आती है मकर राशि तो मकर राशि वालों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा आपको भाग दौड़ भरे जीवन से थोड़ी इस सप्ताह राहत मिलने वाली है आपको कई चीजों में जो काफी समय से लंबित पड़े कार्य है इसमें गति आएगी आपके घर में काफी टाइम से जो सब तबियत किसी की खराब चल रही है उसमें भी थोड़ी सी शांति मिलने वाली हाँ किसी दूर से कोई खराब समाचार जरूर मिलने वाला है आपके साथी आपको धोखा देंगे उसमें आपको सचेत रहना है और घर का वातावरण आपको खुश में रखना है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 ना इसे शास्त्री जी काम बहुत सारूँ अमरा कौतुल प्रश्न आ गया था अँ देव बाबत प्रश्न एन काम सारूँ घी जगह जे ये एम का लगे कि प्रश्न हो कहीं चार्ज लाइ तो संपूर्ण निःशुल्क निस्तु निस्तु हा, हा, हा, में, हमें कोई तम, तो हमने ना में हल तो तो नाम रवि सारी चीजें प्रॉब्लमेटिक हो जाए आपके घर में थोड़ा कुछ दोस्त बन रहा है उसमें राहत मिलेगी उपाय करने से आपके इस हफ्ता वाहन संबंधी खर्चे बढ़ सकते हैं आप अपने तबियत के प्रति भी लापरवाह होते जा रहे हैं आप अपने साथी से अनबन ना करें और कहीं दूर आपको यात्रा के लिए जाने की तैयारी करोगे और अचानक कुछ कारण से विघ्न आ सकता है आप अपने माता पिता और अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेते रहें साथ में उपाय के लिए आपको महादेव मंदिर जाके हर रोज कर सकते हो तो और ही बढ़िया है बिल पत्र पांच संख्या में आप महादेव के शिवलिंग पर चढ़ाएं साथ में जलाभिषेक करें चंदन और चावल के तिलक करें इससे आपको अवश्य लाभ मिलेगा और आप अपना समय अच्छा कर लेंगे जय श्री सीता उसके बाद आती है कुंभ राशि तो कुंभ राशि कैसा रहने वाला है आइए जान लेते हैं कुंभ राशि के लिए यह सप्ताह अच्छा है आपको इस सप्ताह कई चीजों से राहत मिलेगी काफी समय से जो लंबित पड़े हुए कार्य है इस सप्ताह गति पकड़ेगी अगर आप व्यापारी है तो आपको इस सप्ताह अच्छे अच्छे ऑफर आएंगे डील होगी, काफी सामान सामान आपका जो जो पेंडिंग पड़े हुए, हुए रुके वे जो है, जिससे आपको नुकसान हो हो। रहा था, इस सप्ताह निकाल सकते आप। और आपको आर्थिक लाभ भी मिलेगा अगर आप नौकरी में हैं, तो आपके प्रमोशन के आसार बंद रहे देवभूमि द्वारका जिला में जाम में लोगों में एक बड़ी चर्चा हो रही है कि कोई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 अमेरिका कौटुंबिक प्रश्न अँ देव बाबत प्रश्न काम सारूँ जे, जे ए, है अभी घनी जगह जेवा छे अब काम सारू लगे तमें एवं लगे कि प्रश्न हो कहीं चार्ज लाइक संपूर्ण निःशुल्क नहीं हाँ अम्मे पैसा आप तो, तो, तो, तो, तो, तो की हमने हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हल आपको नाम रवि आपके कोई एक लेडी मित्र नुकसान कर सकती है लेकिन बाकी कोई दिक्कत नहीं अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो थोड़ा रुक जाइए और आपके घर से मेडिकल संबंधी जो दवाइयां हैं वो बंद नहीं हो रही है काफी टाइम से तो इसमें थोड़ी राहत मिलेगी लेकिन अभी चलेगा उपाय के लिए सबसे पहले तो आप अपने माता पिता और अपने गुरुओं का आदर करें उनका आशीर्वाद लेते रहें और साथ में आपको शनिचर भगवान के मंदिर में जाके अगर तेल अर्पण करेंगे तो आपके काफी चीजों में लाभ मिलने की आशा जैसे जैसे। उसके बाद आती है मीन राशि तो मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कैसा रहने वाला है आइए जान लेते हैं मीन राशि वालों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा आपको काफी जगहों से कुछ नए नए ऑफर आने वाले हैं इसका लाभ उठाएं बस आप अपनी वाणी पे कंट्रोल जरूर रखें नहीं तो आपको इसमें दिक्कतें आएगी और आप काफी टाइम से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 दे, अपने बहुत देखा है और हमने दूसरे का रिव्यू लिया है वो भी हम आपको बताएंगे द्वारका टूडे जयसुख मोदी जाम खंभाजी का प्रश्न अने देवत प्रश्न का आप नाम रवि चिमल मकवा कंट्रोल उससे आप सचेत रहें आपका लाभ उठाना चाहता है आपको गलत मार्ग में डाल देना चाहता है आपको हमेशा की तरह अनुभव तो हो जाएगा लेकिन आप जानते हुए भी फंस जाते हैं तो इसका आप ध्यान रखें और कोर्ट कचहरी संबंधी जो कार्य आपके चले हुए हैं उसमें थोड़ा सा राहत मिलेगा आपके कहीं दूर के मेहमान आपके घर आ सकते हैं या आपको वहां जाना पड़ सकता है आप किसी शुभ प्रसंग से जुड़ सकते हैं इस सप्ताह मिला जुला और अच्छा रहने वाला है आपके घर कोई खुशखबरी भी आ सकती है बस आप आपके घर में कोई तबीयत बिगड़ने के जो आसार आते हैं उसमें आपको ध्यान देना है उपाय के लिए आप अपने माता पिता और अपने गुरुओं का आदर करें उनका आशीर्वाद लेवें और साथ में अगर आप अपने घर में अगर भगवान के भजन कीर्तन या सत्यनारायण कथा का आयोजन करेंगे तो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा उससे आपको अवश्य लाभ मिलेगा जय श्री सीताराम जीत मैं शास्त्री जी प्रभु ज्योतिषाचार्य आपके समक्ष हर सप्ताह इसी तरह से राशि फल लेकर आता हूं और उसके साथ में हमारे कुछ दूसरे वीडियो भी चलते रहते हैं तो आप सभी वीडियो को देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें अपने मित्रों के साथ शेयर करें अपने ग्रुप्स में शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंच सके अपने हिंदू संस्कृति में आज भी कुछ विद्याएं ऐसी जीवित है कि आपके बताए बगैर हम आपके सवालों के जवाब और सवाल देते हैं ये गुरु कृपा और परमात्मा की कृपा से हर बार सफल हो रहे हैं बस आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा से सेवा कर सकें ऐसा ही हमारा मकसद है ज्योतिष के दरबार में भी हम निशुल्क परामर्श देते हैं लेकिन अगर आप पर्सनल अपॉइंटमेंट लेके मेरे से मिलने आओगे तो उसका शुल्क लगने वाला है उसके पीछे का हेतु भी एक ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे यहाँ पर भीड़ ना करें और अनावश्यक आवश्यकता वाले लोग ही पहुंचे हैं। बगर जरूरत वाले लोग ना पहुंच पाए परेशानी ना हो क्योंकि मुझे भी अपना परिवार और घर और व्यापार सब चलाने होते हैं तो इसलिए शुल्क रखा है ताकि जरूरतमंद मेरे तक पहुंचे लेकिन अगर आप अपने गांव को अपने शहर को अपने मित्रों को निःशुल्क रूप से ऐसी सेवा ही देना चाहते हैं तो हम तैयार हैं आप अपने घर अपने परिवार अपने गांव अपने मोहल्ले में आयोजन करें हम वहां आके निशुल्क परामर्श देंगे और आपकी हर समस्याओं को कम करने का कार्य करेंगे जय श्री सीता फिर मिलते हैं अगले हफ्ते इसी तरह से राशिफल के साथ और हर रोज एक नए वीडियो के साथ जय